तो हेलो गाइस कैसे है आप लोग उम्मीद करते सब लोग अच्छा आगे बढ़ रहे पहले तो देखो भाई लोग बहुत सारे बंदे मुझे एक ही चीज कमेंट कर रहे थे जो मेरा फाइल ठीक से डाउनलोड नहीं कर पाए अरे गाइस क्या कह रहे हो मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या गाइस पर चिंता मत करो गाइस आज का अकाउंटी फाइल डाउनलोड करने में बहुत आसान होगा क्योंकि आज मैंने डायरेक्ट लिंक रखा है ठीक है अबे अब यार चल अगर तू डाउनलोड नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं मैं आपको दे रहा हूँ अगर किसी कोई भी तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आप लोग तो देखो भाई लोग आज का जो कॉन्टिक होने वाला है न, ये बहुत रेयर कॉन्ट्रिक फाइल होने वाला है तो देखो सारे कॉन्टिकल क्या होता है एक हफ्ता दो हफ्ता क्या फिर तीन दिन क्या फिर चार दिन कुछ इस तरह से वर्क होता है आज का कॉन्टिक फॉइल आपको सारा महीना चला सक सकता है अगर जिसके फ़ोन पे वर्क होगा तो ये बहुत ही कम डिवाइस में वर्क होने वाला है अच्छा कॉन्टाइल मैं एकदम साफ साफ कह देता हूँ इसलिए आज भी मैंने साफ साफ कह दिया आप में से बहुत कम ही बंदों के फ़ोन पे ये वर्क होगा जिसके फ़ोन पे वर्क होगा वो लोग मुझे कमेंट करना है इसलिए पहले बोल रहा हूँ अगर वर्क नहीं होगा कमेंट पर गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है आप मेरे एकदम इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे बात कर सकते हो तो चलो आपको अपने अप्लाई प्रोसेस और डाउनलोड प्रोसेस दोनों ही दिखा देता हूँ और एक बात जिन लोगों को लगता है मैं फेक हूँ उन लोगों को तो बस मार तोड़ तोड़ तो देखो अप्लाई प्रोसेस बहुत ही आसान है इसको एक्सट्रैक्ट कर लो पासवर्ड आपको वीडियो में मिल जाएगा इसलिए फुल वीडियो वॉच करो तो पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल आएगा इसके अंदर फ्री फायर फ्री फायर मैक्स अब जो खेलते हैं फिर आपको इसके कॉन्फिक मिलेगा इसके अंदर बहुत सारे कोडिंग है तो आपको यही वाला कॉन्फिक अप्लाई करना है इसको कट या फिर कॉपी कुछ भी कर सकते हैं तो मैं कल या फिर एंड्रॉइड पर जाइए डेटा पे जाइए फ्री फायर पर जाइए फिर फाइल्स कंपलसरी एंड्रॉयड गेम्स बंडल और गेम्स बंडल के अंदर ही आपको पेस्ट करना है